ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत पते अनुकम माँ भक्त्याम दिवाकर लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व की आप सभी दर्शकों को श्रोतागणों को ढेर सारी शुभकामनाएं वार के अधिपति देव भगवान भास्कर को साक्षी मानकर मैं ज्योतिर्वि राशि पांडे लखनऊ से आप सभी लोगों के समक्ष दिनांक तीन नवम्बर का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दर्शकों प्रस्तुत राशि चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है दर्शकों देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे व्यवहार के नाम सेवायाशि प्रधानम जन्म राशि न चिंत है यात्राया जन्म राशि प्रधानम नाम राशि ना चिंत तो शास्त्र भी यही कहता है कि आप लोग जन्म राशि की प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों छठ महापर्व और आज के दिन उगते सूर्य को अर्घ देना है लेकिन दर्शकों आपकी मे से लेकर के मीन राशि ही क्यों ना हो आज एक हम आपको ऐसा प्रयोग बताएंगे कि आपकी सभी विष भगवान भास्कर पूर्ण करेंगे तो अंत तक इस प्रोग्राम में बने रहिएगा पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता है ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो तिथि वार नक्षत्र योग करार तो दर्शकों विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख परिधावी नामक संबत्सर चल रहा है कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो आज दर्शकों तिथि रहेगी ये सप्तमी तिथि रहेगी सूर्योदय होगा प्रातः आज छह बजकर 27 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर 19 मिनट पर दर्शकों नक्षत्र की बात करते हैं तो आज उत्तरासाह नक्षत्र रहेगा इसके उपरांत श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र रहेगा करण रहेगा ग इसके उपरांत वरिष्ठ और अंतिम करण रहेगा विष्टि योग रहेगा धृति इसके उपरांत शूल योग रहेगा सप्तमी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए जो ताड़ का फल होता है इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में मनाही होती है चंद्रदेव आज जो चलायमान रहेंगे चंद्रदेव मकर राशि में चलायमान रहेंगे सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में चलायमान है इसके साथ साथ दर्शकों आज का जो शुभ मुहूर्त है जिसमें आप लोगों को कार्य करना शुभ कार्यों को करना है शाम को छः मिनट से लेकर के सात मिनट तक कर सकते हैं सुबह ग्यारहकर अट्ठाईस मिनट से बारह बजकर बारह मिनट के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा आप लोग इस पीरियड में भी कार्य कर सकते हैं आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी इसके साथ साथ राहु काल पर आ जाते हैं अशुभ समय होता है तो शुभ कार्यों को मत करिएगा तो आज का राहु काल रहेगा शाम को तीन बजकर छप्पन मिनट से पांच बजकर उन्नीस तक क्योंकि रविवार दिन रहेगा तो रविवार को पश्चिम दिशा की ओर दिशा सूल होता है तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा मत करिएगा यदि करनी पड़ जाए तो घी और पान का सेवन करके यात्रा करिएगा और पहले पूर्व दिशा की ओर आपको चार पक्ष चलना रहेगा इसके उपरांत आपको फिर पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करनी रहेगी तो दर्शकों मेष से लेकर के मीन राशि पर आगे बढ़ें उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि छठ के महापर्व पर आप अपने सुर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें तो देखिए सबसे पहले आज आप लोगों को करना क्या रहेगा प्रातःकाल कोशिश कीजिएगा कि जल में जो है सभी लोग जा करके जो खड़े होते हैं व्रत आप किए हो या ना किए हो लेकिन आज आप लोगों को सुबह जैसे ही सूर्य उदय होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि एक नारियल ले लीजिएगा और नारियल पल कलावा लाल मौली आप जानते होंगे इसको अपनी जितनी आपकी हाइट होगी लपेट दीजिएगा इस पर और उसके बाद अपने सर के ऊपर से सात बार एंटी क्लाक So नॉट एंटी और, और फिर अपनी मुराद आपको बोलनी है उस नारियल से भगवान सूर्यदेव को चढ़ाते हुए और फिर उसको जल प्रवाह कर देना है और हाथ जोड़ लेना है निश्चित ही मानिए दर्शकों यकीन मानिए यदि आज के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके मार्ग में जो भी भिन्न जो भी बाधाएं आ रही होंगी इसको भगवान भास्कर दूर करेंगे वार के अधिपति देव हैं तो ये प्रयोग सभी हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं आप लोग जरूर करिएगा तो तो मेष मेष राशि राशि की की ओर चलते हैं हैं क्या कुछ कहता है है आज आज का दिन तो के को आज उच के उच्च अधिकारियों साथ आवश्यक विषयों पर आप चर्चा कर सकते लाभ प्राप्त होने की संभावना कार्यालय से जुड़े कार्य के लिए प्रवास के योग बन रहे यात्राओं के योग बन रहे आज परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को आज आपको मिलेगा आज किसी धार्मिक कलापों में आप लोग प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे मित्रों के साथ घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं धन लाभ का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ और तांबे के लोटे में आज आपको सूर्य को अर्घ देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जात को आज का दिन आपके लिए मिश्र फलदाई रहेगा व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाकर नए कार्य प्रारंभ कर सकेंगे और भविष्य के लिए योजनाएं भी बना पाएंगे विदेश गमन की संभावना है किसी धार्मिक स्थल की आज भेंट से मन में बड़ी सात्विकता की वृद्धि होगी आज ज्योतिष संबंधी क्रियाकलापों के लिए दिन उपयुक्त रहने वाला है आज कोई महंगा आइटम आप लोग अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हुए एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसके साथ साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि जल में मिश्री डाल करके और थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालकर के भगवान भास्कर को गायत्री मंत्र से अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला मिथुन राशि के जातकों आज अशुभ घटनाओं की संभावना अधिक रहेगी तो सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है या आप बीमार पड़ सकते हैं क्रोध करने से आज आप लोग अपनी ही हानि करेंगे तो अपने चित्त को अपने दिमाग को शांत रखने में ही समझदारी रहेगी आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशन लग सकते हैं मानीहानि आपके ऊपर लग सकती है शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे इसलिए वाणी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं हो सके तो बात विवाद को टालिएगा किसी को धन उधार नहीं देना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा नारायण कवच का आज आप लोग पाठ करिए भगवान भास्कर को आज आप लोग तांबे के पात्र में गंगा जल डाल करके अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए हरा रंग आपके लिए शुभ रहेगा वहीं कर्क राशि के जात को आज के दिन मित्रों और स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक समय बिताएंगे मनोरंजन के जो है संसाधनों पर आज आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ होने की संभावना अधिक रहेगी भागीदारों से भी आज, आज आपको लाभ होगा आज कहीं पर छोटा प्रवास या घूमने फिरने जा सकते हैं सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है घर परिवार में आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा देव के समक्ष बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए व्हाइट कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा सिंह राशि ग्रह के राजा की राशि लेकिन दर्शकों आगे बढ़े देखिए आप लोग फटाफट इस वीडियो को तो लाइक करिए और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए सिंह राशि के जातको आज मानसिक रूप से चिंता रहेगी मन में व्यग्रता और शंका रहेगी आज का दिन जो रहेगा थोड़ा सा उदासी भरा रहेगा क्योंकि आपके राशि के अधिपति नीच के चल रहे हैं तो दैनिक कार्यों में आज कोई विघ्न आ सकता है व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग आज बिना के बराबर मिलेगा उच्च अधिकारियों से संभल रहने की जरूरत है हालांकि आज के दिन धार्मिक क्रियाकलापों में प्रतिभाग करेंगे जिससे जो वहां की पॉजिटिव एनर्जी है सकारात्मक एनर्जी है आपके अंदर सकारात्मकता भरेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सूर्य देव को आज तांबे के लोटे में जल दीजिएगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड कलर कन्या राशि के जातकों, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है संतान के विषय में थोड़ी बहुत आज आपको चिंता रहेगी उनके करियर को लेकर के शेयर सट्टे में आज आपके लिए दिन ठीक रहेगा मन में कुछ खिन्नता अनुभव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कन्या राशि के जातकों बच्चे की जो आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे लेकिन रिकवरी जल्दी होगी आप लोग कैशद मत लीजिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिए कि विष्णु तो करिए तो आप लोग कम पंद्रह कम मिनट बैठना है उगते सूर्य के समक्ष और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है तुला राशि तो तुला राशि के जब को शारीरिक रूप से कुछ शिथिलता का अनुभव करेंगे मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव करेंगे माता के विषय में कुछ चिंता रहेगी आज स्थायी संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं किसी कागज पर सिग्नेचर करने से पहले हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे से आपको पढ़ना रहेगा पारिवारिक वातावरण में कुछ कलह रहेगा सामाजिक रूप से हो सकता है कि आज, आज आपको जो है कहीं मानहानि का जो है सामना करना पड़े अपमानित होना पड़े तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा वाहन सावधानीपूर्वक चलाना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि तुलसी के पौधे में जल में लाल कुमकुम डाल के आपको जो है अर्पण करना रहेगा और आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट कलर वृश्चिक राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक और प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा आज आर्थिक लाभ होने के साथ साथ भाग्य में भी लाभ होगा इसने ही जनों के साथ संबंधों में प्रेम की अधिकता रहेगी नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए समय ठीक रहेगा आज छोटे प्रवास का आयोजन कर पाएंगे मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रतिस्पर्धियों पर आज आप लोग और एग्जाम में विजय प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि जो नारियल का हमने प्रयोग स्टार्टिंग में बताया है वो आप लोग करिएगा और आज के दिन सूर्य गायत्री मंत्र का 108 बार आपको पाठ करना रहेगा सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज धनु राशि तो धनु राशि के जातकों का आज पारिवारिक वातावरण कुछ क्लेशपूर्ण रहेगा और आज धन खर्च अधिक होगा निर्धारित कार्यों को पूर्ण ना कर पाने से मन में कुछ हताशा आपके बनी रहेगी किसी महत्वपूर्ण निर्णय को आज ना लें तो ठीक रहेगा घर या व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन विष्णु सहित का पाठ कीजिए और आज आप लोग जो है भगवान भास्कर के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला कैप्रिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जात को आज धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने का दिन है आज रूप से पूजन विधि घर में कराते हुए जो है नजर आएंगे पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा मित्रों जनों से आज, आज आपको कोई महंगे गिफ्ट प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं व्यवसायिक और व्यापार के स्थान पर आज आपका प्रभुत्व तो अधिक बनेगा आज आपके कार्य से उच्च अधिकारीगढ़ भी संतुष्ट रहेंगे आपके कार्य आज सरलतापूर्वक पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास करिएगा कि आज के दिन आपको सूर्यदेव को जल में थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, कच्चा दूध डाल लीजिएगा अर्घ्य दीजिएगा और आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करिए शुभ पलर रहेगा आज के दिन आपके लिए नीला जी हाँ दर्शकों कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जातकों फटाफट पहले तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए तो कुंभ राशि के जात आज शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थता बनी रहेगी परिवारजनों के साथ कलह होने की संभावना धन की या पूंजी निवेश करते समय ध्यान रखना है अदालती कार्यवाही में आज आपको संभल चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं खर्च की मात्रा पैसा बहुत ज्यादा आज जा आप लोग खर्च करेंगे किसी भी अनैतिक कार्य में आज आपका पैसा खर्च होगा किसी का भला अपनी हानि होने पर भी आज आप उसे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों को वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा कोई मेजर एक्सीडेंट चोट इत्यादि लग सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 तो बार जाप करिए और भगवान सूर्य देव को आज आपको सांबे के पात्र में जल देना रहेगा अतिथि हृदय चोट का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि के जातकों लेकिन फटाफट वीडियो लाइक प्लीज फटाफट लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो बेल आइकन भी दबाइए मीन राशि के जातकों आज का दिन आकस्मिक धन लाभ की संभावना अधिक दिखा रहा है संतान के विषय में गुड न्यूज शुभ समाचार प्राप्त होंगे आज किसी बचपन के पुराने मित्रों के साथ भेंट होने से आपका मन आनंदित रहेगा नए मित्रों से भी संपर्क रहेगा जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा सामाजिक प्रसंग के लिए आज कहीं बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा व्यवसायिक क्षेत्र में आर्थिक रूप से लाभ होगा सरकारी पक्ष में भी आज आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा नारायण कवच का आप लोग पाठ करिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सूर्यदेव के समक्ष खड़े होकर के करिए नारियल वाला उपाय जो हमने स्टार्टिंग में बताया वो सभी राशि के लोगों को करना है मीन राशि के जात आपको भी करना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं, सब्सक्राइब वीडियो लाइक और चैनल में बेल आइकन। ये आप लोग दबाना मत भूलिए दर्शकों मिलते हैं अपने नए प्रोग्राम में नवम्बर माह का राशिफल पड़ चुका है 2020 का राशिफल पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार भी राशिफल पड़ चुका है तो सभी चीजें पड़ी हमारे चैनल पर बस आपको जाकर के देखने की आवश्यकता है तो दर्शकों दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय छठ मैया